रानी है रानी है रानी है जीवन उसका पानी है पानी है पानी है मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी